मु यार दोस्त और इकट्ठे जरूरत है वो बस वो एक दोस्त काफी है जो मुश्किल घड़ी में इतो कह दे फिक्र मत कर हारो भाई तारे साथ है